नहीं होगा, नहीं सारी मैं बाबा बनकर और बच्चे नहीं चुरा सकता ठीक है प्लान भी क्या कर तो पहले ना कहीं देखो पहले नहीं वहां पर ही मोटरसाइकिल रोकनी जा और एकदम मैं एकदम जब करूंगा और एकदम बैठ लिए ले तो लेगा ठीक एक एक है एकदम मैं स्टार्ट करके बची है कोई गलती न हो जाए सड़क मैर दूंगा किडनैपर फोर किडनैपर फोर बच्चा यहीं पाएगा बच्चा आने वाला होगा यहीं यही उठाना है एक ठीक है काडने किडनैपर फोर बच्चा आ चुका है इसे उठा लो मैं चिज्जी के बहाने लगाता हूँ ये लो मत आ कि de okay. okay. गया बुरे हा हा पर फोर हम नहीं चुके। कल को अपने जवाब कल को हम ऊपर जाके इस माल को बेच देंगे और हम करोड़पति हो जाएंगे जा, गया बुरे ये तो जाएगा में में कौन सी बला है यार यार यार यार नहीं नहीं तो तो तो है है है अरे ज़्यादा ना स्कूल पता पता भी लग रहा कुछ यार, जो प्रधान ये तो तो है है उठा ना ना का पता पता पता लग लग लग तो ही जाएगा फिर आगे भाई भाई भाई जाता रह रहा क्यों क्यों बात बात अपने अंगो शामी देखा सच भाई पता से? भाई वहां खंडर में मतलब वहां तो नहीं पता पकड़, अच्छा ले। हम रखी मजी लेकड़े इंसान तो कर चलो आप बोल करते, आप हैं। तो रुको जरा सबर करो वीडियो वीडियो आपने देख लियो भाई वीडियो ना कमेंट कर दियो ज़्यादा ज़्यादा।, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा लाइक करियो सब्सक्राइब करियो और फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन में मिल हमारी तरफ से धन्यवाद भाई तम भी कुछ कह दो